चाइना में एक महिला को जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो कभी जेल ही नहीं गई। उल्टा वो तो 10 सालों तक पुलिस के सामने घूमती रहती थी पर कोई चाकर भी उसे अरेस्ट नहीं कर सकता था लेकिन क्यों दरअसल 2011 में एक महिला को बहुत बड़ी चोरी करते पकड़ लिया गया लेकिन कोर्ट ने उसे दो साल तक जेल भेजने ऐसी मना कर दिया क्यूँकी वो प्रेगनेंट थी दरअसल चाइना का, का कानून है की कि कि किसी प्रेगनेंट महिला को तब तक जेल नहीं भेजा जा सका जब तक उसका बच्चा एक साल का न हो जाए ऐसी औरतों को सजा बच्चा होने के एक साल बाद दी जाती है लेकिन जज को क्या पता था कि महिला के दिमाग में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है क्योंकि जैसे ही टाइम पूरा होता तो पुलिस उसे अरेस्ट करने आती और वो प्रेग्नेंट हो जाती आठ सालों में वो चार बार मां बन चुकी थी और ऐसा करके वो हर बार जेल जाने से बचती रही लेकिन पांचवी बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया क्यूँकी वो इस बार प्रेगनेंट नहीं हो पाई इसलिए उसने कोर्ट को एक लेटर लिखा की एक महीना घूमने जा रही है और वहाँ ऐसी भाग गयी और एक महीना के बाद वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था लेकिन जो हुआ इसे जानने के लिए वीडियो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई वो महिला पुलिस के सामने खड़ी थी लेकिन अब भी पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी पता है क्यूँ पता है तो कमेंट करके बताना